आस हो गए दिल में मगर जलते रहे जिंदगी है बीते दिनों की किताब जिंदगी मुझे मुझे इतने सारे जाओ चाह था क्या पा क्या हम